ऑस्ट्रेलिया को छः रनों से हराने के बाद टीम इंडिया टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में पहुंच गई हैं दोस्तों भारतीय टीम के साथ बड़ा चमत्कार हो गया है और अब वे टी ट्वेंटी के फाइनल में आ गए हैं दोस्तों आप भी जानना चाहते हैं कि इस तरह की न्यूज़ तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलैकन को जरूर दबाएँ दोस्तों बता दें कि टी वर्ल्ड कप दो में भारत को पाकिस्तान से हार का सामना करना पड़ा था भारतीय टीम ने यही गलती कर दी थी और अपने गेंद को लेकर ही लीग मुकाबलों में ही एशिया कप से बाहर हो गए थे मगर दोस्तों इस बार भारतीय टीम टी वर्ल्ड कप 2022 में पक्का पहुंचने वाले हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के व मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद भारतीय टीम टी वर्ल्ड कप 2022 में पहुंच चुकी है